क्या आपने कभी पत्थर खाते हुए जीव को देखा है तो मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिक महासागर की बर्फीली झीलों के नीचे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पत्थर खाते हैं या फिर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करके अपना भोजन बनाते हैं वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस नई खोज से हमें दूसरे ग्रहों के संकेत मिल सकते हैं या दूसरे ग्रहों के जीवों की जानकारी मिल सकती है ये सूक्ष्म जीव जो है अंटार्क्टिक महासागर की बर्फों की जमी मोटी मोटी झीलों के नीचे बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं ये सूक्ष्म जीव जो है बर्फ़ों से निकलने वाले हानिकारक गैसेस को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं ये सब जीव जो है बर्फ़ों की मोटी मोटी चट्टानों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं और उनसे जो है ये ऊर्जा को मुक्त करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएँ